नमस्कार दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आप फोल्डर को कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं इसके लिए वीडियो को बने रहिए वीडियो को देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना आप मत भूलिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप आ... यहां पे ए... देखिए मैं इस फोल्डर को हाइड करना चाहता हूँ जयराम छह इसको याद रख लीजियेगा इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है प्रपर्टी पर क्लिक करने के बाद आपको जनरल टैब में आना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको हाईडेन का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ से हाईडेन पर क्लिक कर देंगे उसका अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका फोल्डर जो होगा वो यहाँ से हट जाएगा यहाँ पे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे जो आइकन था वो से यहाँ से वो हट चुका है आप इसको लाने के लिए आप कोई भी फोल्डर पे आप फोल्डर को ओपेन करेंगे जैसे मैं इस फोल्डर को ओपन कर देता हूँ इस फोल्डर पर ओपन करने के बाद सॉरी यहाँ पे इस फोल्डर पर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा तो पर यहां करेंगे। और आपको यहाँ पे हाइड एन आइटम पर टिक लगा देना है यहाँ पर टिक लगा देंगे तो वो आपका जो फोल्डर आपने हाइट किया था वो अनहाइट हो गया होगा तो चलिए आपको हम दिखा देते अपने सिस्टम पे जाराम छिहत्तर के नाम से था देखिए यहाँ पे जार्म छिहत्तर नाम से यहाँ पे फोल्डर जो है वो फिर से आ गया है तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा मैं इस वीडियो के...